कि बहुत सारे टेंडर्स बिल्कुल चुनाव के आने के समय यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने से बिल्कुल आखिरी क्षणों में लास्ट माइल में बहुत सारे टेंडर्स की घोषणा की गई जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए नमस्कार आज के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्नाटक में चुनाव से पूर्व टेंडर वितरित कर दिया गया है ये टेंडर वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता लेकिन चुनाव को प्रभावित करता है ऐसा कहना है कांग्रेस का कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की जहां से इन्हें कार्रवाई करने की उम्मीद मिली है कांग्रेस के अनुसार चुनाव आयोग हम लोगों को इस मुद्दा पर उचित कार्रवाई करने को कहा है कांग्रेस सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा बहुत सारे टेंडर्स बिल्कुल चुनाव आने के समय कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने से बिल्कुल आखिरी क्षणों में बहुत सारे टेंडर्स की घोषणा की गई जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए हैं उन्होंने आगे कहा हमने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि जो टेंडर्स एक दो चार दिन पहले जारी किए गए हैं और जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है उस पर विचार करने की जरूरत है हमारे इस निवेदन पर चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करने के निवेदन को स्वीकार की चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसा होगा तो हम उस पर निश्चित ही ध्यान देंगे और कार्रवाई भी करेंगे और यदि टेंडर को रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी काम किया जाएगा आपको मालूम हो कि कर्नाटक में टेंडर विवाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से चल रहा है कुछ लोगों ने इसको लेकर भारत के पीएम के पास चिट्ठी भी लिखे हैं परंतु इसका कोई खास असर नहीं पड़ा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और